क्षेत्र की मांग है कम से क्यूँकी हम लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी आ चुकी है तमाम चौकी हम आप तमाम आपसे मिलवाते हैं तमाम लोग आए हम लोगों से सम्मान पूर्वक कई बार ज्ञापन आपके माध्यम से देते रहें लेकिन आज तक आप देख लीजिए कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है लिहाजा आज, आज आपसे सविनय हम लोग करबद्ध निवेदन करते हैं कि कृपया हम लोगों को प्रेशराइज न करें और आपके माध्यम से और आदरणीय संभवतः चौकी चार्ज महोदय होंगे तो आपके माध्यम से सविनय हम लोग निवेदन करते हैं कृपया क्षेत्रवासियों की तरफ से ये मैसेज आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय तक आप पहुंचाने का कष्ट करें कि वो दो मिनट का ही सही समय आ करके निकाल करके हम लोगों का द्वारा ज्ञापन ले ले क्षेत्रवासियों को थोड़ी थोड़ी सी सांत्वना मिल जाएगी थोड़ी सी थोड़ी सी सांत्वना मिल जाएगी जी आप बताएँ हम सम्द अल्लाह एक सौ मिला है ना वहाँ पे शो महोदय गए हैं और वहाँ पे पूरी फोर्स जो है वो लोग हैं, तो इस